हे hey दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास रह जाते हैं रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था पहले वाले ने पीएचडी की थी पर दूसरे ने कभी एट्थ भी पास नहीं की थी दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्डवर्किंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है पहला रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे पहला उसे कहता खूब मेहनत कर अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए दूसरा कहता था तू खूब पढ़ मेहनत कर पर खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की जो की बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए जबकि जिसका मतलब है, और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना अब आप गौर से सुनिए यह नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है रॉबर्ट ने काफी ईजी शब्दों में उसका मीनिंग बताया है जो की कुछ ऐसा है जबकि मिडिल क्लास लोग बस लाइबिलिटीज पे खर्च करते हैं मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे दोनों सेम पोजिशन और सेम सैलरी पे काम करते थे जब भी उन्हें सैलरी मिलती रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े नए गैजेट्स, नया फोन बाइक या कार ऐसी चीजें लाइबिलिटीज है जो उसके पैसे उससे ले रही है ना की बस जब वो उन्हें खरीदता है तब बल्कि आगे भी मेन्टेनेंस वगैरह के लिए जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी बट सुरेश ऐसा नहीं था वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी ना हो वो चीज खरीदना वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था जैसे कि स्टॉक्स बॉन्ड्स रियल एस्टेट अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे दो साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है उसे पैसे मिलते हैं वो पैसे जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज़ में खत्म कर देता है इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उन, उनका घर उनका एसेट है पर ऐसा नहीं है आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलैस आप उसको भाड़े पे दो जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है उन्हें पैसे मिलते हैं वो उस तो ये बात याद रखे अच्छे से इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कमा रहे हैं बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहा खर्च कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन का रीजन उनकी कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पे मजबूर करता है जैसे कि एक बेहतर फोन कार घर जो की सब फिर से बस लाइबिलिटीज है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी ये बातें मैंने रॉबर्ट की बुक रिच डेड पुअर डैड से पढ़ी है जो वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बेहतर बनाई अगर आपको ये बातें अच्छी लगी